किसने तो किसने बनाया? तो करा बनाया? थोड़ा जानकारी जानकारी प्रोवाइड प्रोवाइड करा करा दीजिए। दीजिए। मीनार अगर लगता है कि जा, जा, आपके बाप ने बनाया तो के के बात है चंद दिनों में प्रूव हो सकता कौन किसका बाप है उसी ढंग से आप ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी उसकी मां मंगोल और बाप उजबेक था मैं चुनौती के साथ कहता हूं पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा लीजिए भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उजबेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला वो तो पहली बार वो बाप नहीं थे बाप सबके एक थे फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा संसद भवन किसने बनवाया अंग्रेजों ने तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया क्योंकि क्यों वो उसको बाप नहीं मानता इंडिया गेट किसने बनवाया गेटवे ऑफ इंडिया ने अंग्रेजों ने तो भारत का क्रिश्चन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया और ये क्या कहते हैं आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया चल भैया अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है ऐसी ऐसी बिल्डिंगे हैं उनकी किताबें मौजूद है उनके इंजीनियर मौजूद है ये तथा कथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी मारते हैं क्या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कैसी कि किताबें थी ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी कोई इंजीनियर थे कुछ नहीं था बनाया यहां पर वहां है कोई ऐसी मीनार जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है तो वहां पर है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग वहां की बुक्स भी अवेलेबल है बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है यह कुतुबुद्दीन जहाज आया बगल में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह है बगदाद के खलीफा के नाम का खुदवा पड़ा है इंक्लूडिंग अकबर तो वो मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है देवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा